दोस्तों जय मां लक्ष्मी जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे लोगों की तैयारियां और उत्साह भी उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुओं के लिए दिवाली साल का सबसे बड़ा पर्व और त्यौहार होता है इस दिन को खास बनाने के लिए लोग सालों से जो है तैयारियां करते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं कई हफ्ते पहले से ही तैयारियां आप लोग शुरू कर देते हैं घर में स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है मिठाई बनाई जाती है अपने घर की साफ़ सफाई जो है सज्जा की जाती है और दर्शकों साथ ही साथ जो है अपने घर को विभिन्न चीज़ों से आप लोग सजाते हैं कि बस माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए दिवाली के दिन आपको लगभग हर घर सजा हुआ दिखाई पड़ेगा जगह जो है हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स वगैरह होती है झालर्स वगैरह होती है घर के अंदर भी होती है घर के बाहर भी होती है रंगोली इत्यादि भी बनती है तो ये जो सजावट होता है आकर्षण के लिए होता है लेकिन दर्शकों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यदि सजावट में आप कुछ ख़ास तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए असुभ साबित हो सकती है इन चीज़ों की वजह से कोई बहुत बड़ा अपशगुन भी दीपावली में हो सकता है या यूँ कहें कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में फैल सकती है यदि ऐसा होता है तो मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी आपके घर पर नहीं पधारेंगे इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप दिवाली के लिए घर सजाने के दौरान कुछ खास तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा हम बताने जा रहे हैं कि ये ख़ास चीज़ें कौन कौन सी हैं तो दर्शकों देरी किस बात की आइए जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है लेकिन आगे बढ़ें आप लोगों से अपील है कि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन ज़रूर दबाइए जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँच जो है पहुँचती रहे देखिए सबसे बड़ी चीज होती है चमड़े से बनी हुई वस्तु हम लोग देखते हैं पूजा पाठ में कि पैंट शर्ट जो है पहन के आप लोग पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं बेल्ट भी लगाए रखे रहते हैं बगल में ही पर्स लिए रहते हैं तो लेदर से बनी हुई कोई भी वस्तु फिर चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो महिलाओं को भी देखते हैं कि तमाम जो है बैग वगैरह टांगे रहते हैं पूजा में ही रखे रहते हैं अपने बगल में ही तो चमड़े से लेदर से बनी हुई वस्तुओं को आपको दूर रखना है सजावटी चीज़ों में भी कई तरीके से मटेरियल जो होते हैं लेदर के बने रहते हैं ऐसे में यदि कोई डेकोरेशन का आइटम चमड़े से बना हुआ है या फिर उसमें थोड़ी सी भी मात्रा में इसमें आपने मतलब चमड़े का उपयोग क्यों नहीं हुआ है तो ये फिर बड़ा अक्षकुन होता है हम लोग देखते हैं कि आजकल मोबाइल का प्रचलन चला है लोग मोबाइल को बिल्कुल भी दूर नहीं करते हैं जो तो बैक कवर होते हैं इसमें भी सिलिकॉन होता है और इसमें भी कहीं कहीं लेदर के होते हैं तो ऐसा प्लीज़ आप लोग लक्ष्मी पूजन में मत करिएगा अन्यथा माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और पूजा के समय तो कतई आपको चमड़े का बेल्ट हो गया पर्स हो गया या अन्य कोई भी सामग्री अपने पास नहीं रखनी है इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है दूसरा दर्शकों ब्लैक कलर काला रंग देखते हैं तमाम लोग काली शर्ट पहनते हैं काले रंग की कोई जो है धोती पहन लेते हैं या काले रंग का बहुत प्रयोग करते हैं काले रंग की पुताई करवा देते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा देखिए माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा जो है प्रिय है इसीलिए जब दीपावली का पूजन होता है तो अच्छत को लाल रंग से रंगा जाता है लेकिन काला रंग माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है दिवाली पर काले रंग का इस्तेमाल करने से हर हाल में आपको बचना है फिर चाहे दीवारों पर आप पेंट करवा रहे हो, फिर चाहे आप रंगोली करवा रहे हो, आ, या अपने घर के अंदर रंगोली बनवा रहे हो या बाहर बनवा रहे हो या फिर कोई लाइटिंग आप करवा रहे हो काला रंग जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा सजावटी सामान भी यदि आप खरीदते हैं तो कोशिश करें कि उसमें काले रंग का इस्तेमाल ना हो बिल्कुल ना के बराबर हो ये काला रंग जो होता है नेगेटिव एनर्जी का भी प्रतीक होता है जिससे आप दीपावली के दिन अपने घर में ना लाएं तो बेहतर रहेगा इवन दर्शकों जो लाइट्स वगैरह होती है उसके जगह पर यदि आप दीप का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी से बने हुए दीपक का इस्तेमाल करते हैं रोई का करते हैं देसी घी का करते हैं तिल के तेल का करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगली बात पर चलते हैं दर्शकों तो जो बासी फूल होता है दिवाली पर माँ लक्ष्मी को हमेशा ताजे और फ्रेश फूल ही चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा कई बार लोग पहले से ही इन्हें खरीद लेते हैं और दुकान से पुराने फूल उठा लाते हैं और अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं कि अरे फ्रिज में है ताजा रहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए कोशिश कीजिए कि दीपावली की सजावट में यदि आप फूलों का प्रयोग कर रहे हैं दीपावली पूजन में यदि आप फूलों का प्रयोग कर रहे हैं तो ताज़ा फूल हिलाइए बासी फूल जो होता है ये उदासीनता का प्रतीक होता है आपके घर में नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं ये बिल्कुल भी माँ लक्ष्मी को जो है पसंद नहीं है और फिर वो आपके घर आने से इतराएँगी आपके घर आने से कतराएंगी बासी फूल का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए तमाम लोग कहते हैं कि अरे कमल का फूल इतने दिन नहीं मुर जाता है यूज कर लेना चाहिए लेकिन माँ लक्ष्मी के पूजन में आप फ्रेश फूल लाए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप एक दिन पहले ले आएंगे जो है दुकान से जाकर के तो दुकान वाले भी पहले से ही ला के रखे रहते हैं तो ऐसे फूलों का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित रहेगा आप लोग प्लीज इन चीजों का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो दर्शकों दीपावली से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए हर वर्ष की भांति दीपावली जो है पर्व आप लोग बहुत ही जो है अच्छे अंदाज में मनाइए और खूब पटाखे आप लोग जो है जलाइए और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे दीपावली से संबंधित पूजन भाग एक और भाग दो हमारे चैनल की प्ले में पड़ा हुआ है यदि आप लोग महंगे महंगे पंडित को जो है हायर नहीं कर सकते हैं तो जो पूजन हमने बताया है आप उसको कर लेंगे उससे ही मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इक्यावन लोगों की पूजा घर पे ही अपने करा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से संकल्प वीडियो कॉल के माध्यम से संकल्प भी होगा तो यदि आप लोग भी प्रतिभाग करना चाहे तो आप लोग जो है कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वो लोगों के लिए रहेगा दीदी क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है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 माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम कुबेर जो कि धन के देवता हैं, का सहस्त्राचन अनार के दाने से किश्म से और इलायची से होगा इसके साथ ही आपको कछुए के पर पर स्थापित इस का का एक श्री यंत्र, यंत्र भोजपत्र शुभ मुहूर्त में तैयार अमोघ और एक स्पटिक की माला दी जाएगी संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा